हैं अब नहीं है, ना दा दा है। वो रहे। ये माफ़ करे होते हैं मौगी बिनु भातला बनाई ना रे नीति सावा कुल के भातार मार रहले करुणा से हो कुल के मौगी के नहले गंगा नरा तोरा बहिर के लंगा हम तोर जो तो दर भंगा से रे किउ कुल मा बहिर गुहा के रहलवा रे कुल बेटा बेटी गुहा के रहलवा रे कुल के पर रहलवा रे गरीब बहिन बजे बजे चुम्मा टूसनी है है दारू बन रे। मिया मुर्गी बहन हम जा जल्दी राजु बो के लालू वाला, वाला। माग रे तीन ने। हर लगार माग रे आरदी नहीं गलती है जी हमारा गोबारी नहीं है हमरा हेल्ब करे मोदिया वाला ले <laughs>